हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जयंती पर्व मनाया जाता है इस विशेष दिन पर हनुमान जी की विधिवत पूजा की जाती है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बजरंगबली भगवान शिव के ग्यारहवे अवतार है और इन्हें कलयुग का देवता भी कहा जाता है हनुमान जयंती के दिन पूजा पाठ करने से साधक बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं साथ ही हनुमान अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं अब जब चैत्र मास शुरू होने वाला है ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि इस वर्ष हनुमान जयंती पर्व किस दिन मनाया जाएगा आइए जानते हैं हनुमान जयंती पर्व की तिथि शुभ मुहूर्त और महत्व हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 5 अप्रैल 2023 को सुबह सात बजकर उनचास मिनट पर होगा इस तिथि का समापन 6 अप्रैल 2023 को सुबह आठ बजकर चौतीस मिनट आरोप हो जाएगा तिथि के अनुसार हनुमान जयंती पर्व 6 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा शास्त्र में बताया गया है कि हनुमान जयंती के दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करने से साधक सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है इस विशेष दिन पर बजरंगबली को सिंदूर अर्पित करने से सभी कार्य सफल होते हैं और धन धान्य की प्राप्ति होती है इसके साथ हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के पाठ का विशेष महत्व है इसका पाठ करने से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं धन्यवाद